क्या आपने कभी सोचा है पानी की टंकी पे ये लाइंस क्यों होती है? सोचा है चलिए हम बताते हैं। गर्मी की वजह से पानी हो सकता है, जिससे टैंक एक्सपांड हो सकती है टैंक एक्सपांड न हो जिसकी वजह से लाइंस बनी होती है दूसरा कारण दोस्तों यह वाटर प्रेशर को संभालने के लिए भी होती है दोस्तों अगर ये लाइन्स न हो तो ट फट भी सकता है जिससे पानी लीकेज हो जाएगा और तीसरा और आखिरी कारण है दोस्तों प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाइन्स बनी होती है जी हाँ दोस्तों आपको अगर ये जानकारी पसंद आई तो चैनल तो सब्सक्राइब